नमस्कार दोस्तों एक कहानी एक ऐसे एरोप्लेन हाई चेक जिसके बारे में जानकर आपको हंसी आएगी जिसमें प्लेन हाई करने वाले को सजा नहीं उसके बदले उन्हें रिवार्ड दिया जाता और इतना ही नहीं उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया जाता है एक कहानी सन उन्नीस की जब एक एरोप्लेन एक यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी उस वक्त उसी में मौजूद दो व्यक्तियों ने एरोप्लेन को हाई कर लिया और वो भी खिलौने वाले बंदूक के दम आरोप इन दोनों को दो डिमांड थे नंबर वन इंदिरा गांधी जो कि उस वक्त इमरजेंसी लगाने के बाद जेल में थी उन्हें रिहा किया जाए और उनके पुत्र यानी संजय गांधी पर से सारा चार्ज हटा दिया जाए नंबर दो वे प्लेन को पाकिस्तान और बांग्लादेश ले जाना चाहते थे बट कुछ वजह के कारण उन्हें प्लेन को वाराणसी में ही लैंड कराना पड़ा आप इस एरोप्लेन हाईजेक के बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट में जरूर बताए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सपोर्ट मिलते अगले वीडियो में